सुख हो या दुख हम भाई बहन आपस में बांट लेंगे मेरी बहन की तरफ आप उठी देवार माता बहना भाई बहन देवर माया तुम्हारी बहना भाई बहन का बंदन सुन सकते सि वाले बेना तो तुम आवे घोषनावे रक्षा बंधन दीवार बन मिला